हरे कृष्णा तो आज का हमारा प्रश्न है हाउ टू कंट्रोल सेंसेस हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में कैसे रख सकते हैं और इसकी क्या जरूरत है आइए इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ एक सिटी में एक छोटी सी घड़ी रिपेयरिंग करने की वॉच रिपेयरिंग की दुकान थी और उस दुकान मालिक के दो बच्चे थे बड़े बच्चे को वो व्यक्ति अपनी दुकान पर लाता था धीरे धीरे बड़े बेटे ने घड़ी बनाने की कला सीख ली बहुत ही माहिर हो गया वो, साथ ही साथ उसे थोड़ा बहुत अच्छा घड़ी बनाता था अच्छे से रिपेयर करता था यदि मैं इस स्टोरी को पीछे से लिंक करूं तो मैं मेरा यह मै उसे और हम आया तो मतलब रजोग उनमें गिरा और फिर उस दुकान के मालिक ने छोटे बेटे को भी धीरे धीरे लाना उस दुकान में शुरू किया जैसे ही एक दो दिन लाया दो चार दिन लाया ही था कि उनकी मृत्यु हो गई अभी दोनों भाई दुकान संभालने लगे बड़े को अहम था कि मैं बहुत अच्छे तरीके से घड़ी रिपेयर कर सकता हूं उसने छोटे भाई के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया डांटना फटकारना शुरू किया साथ ही साथ वो कुछ नशे भी करने लगा क्योंकि उसकी इंड्रिया कंट्रोल में नहीं थी वो इंद्रियों के कंट्रोल में हो गया था वो नीचे गिरने लगा अब नीचे गिरते गिरते रजोगुण से तमोगुण में पहुंच गया फिर उसने सोचा कि मैं इतना सुंदर घड़ी बनाता हूं हा? मैं इतना सुंदर मैकेनिक छोटा खाली बैठे बैठे खाता है उसने दुकान की बंटवारा कर ली। अब छोटे भाई की दुकान में कोई लोग आते नहीं थे बिल्कुल खाली रहता था और बड़े भाई की दुकान में बड़ी भीड़ लगी रहती है बहुत भीड़ रहती थी। लेकिन क्योंकि उसे परेशान हो गए समय, समय ग्राहकों से अच्छा व्यवहार नहीं नशे में रहता जिससे काम में भी गड़बड़ी होने लगी लेकिन उसके छोटे भाई जो भी अपने पिता से सीखा था बड़े लगन से अपने माइंड को फुली कॉन्सेंट्रेट करके उस पर काम करने लगा अच्छे से सीखने लगा और अच्छे से खड़ी बनाने के लिए सीख गया, धीरे-धीरे उस काम सीखता गया अब उसकी दुकान भी चल पड़ी लोग उसके दुकान पे आने लगे तो इस स्टोरी से हम देखते हैं कि किस प्रकार यदि हमारे इंद्रिया हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम सफल होकर भी असफल हो जाते हैं हम सफल नहीं हो सकते जिंदगी में सफल बनने के लिए हमें अपने सेंसेस को कंट्रोल करना होगा लेकिन क्या इंद्रियों को कंट्रोल करना इतना कृष्ण के बातों को मानेंगे भगवान श्री कृष्ण श्रीमद भगवदगीता में कहे हुए इस बात को मानेंगे तो हम निश्चित अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण भगवदगीता के तीसरे अध्याय के इकालीसवें श्लोक में कहते हैं क्या तस्मा तम इंद्रिया यादो नियम भरत रेशभ पापमान प्रजेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम हे अर्जुन हे अर्जुन प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करो प्रारंभ से ही इस इंद्रियों को वश में करो और इस महान पाप के प्रतीक का दमन करो मतलब जहां से उत्पन्न हो रहा है स्टार्टिंग पॉइंट या जब जब शुरू हुआ उसी समय अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो और यदि आत्म साक्षात्कार के इस, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस महान विनाशकर्ता का वध करो यदि नहीं करोगे तो ज्ञान विज्ञान नाशनम ज्ञान विज्ञान सबका यह नाश कर देगा ध्यान रहे अतः इससे पहले कि ये तुम्हारे लक्ष्य का भेदन करे तुम इसका भेदन कर दो तुम इसको खत्म कर दो और कैसे तो प्रारंभ से ही प्रयास करो प्रयास करोगे तो सफल निश्चित ही तुम्हें जो है कंट्रोल होगा तुम्हारे सेंसेस पर प्रयास करने से एक कोमल रस्ती भी, एक कोमल भी सख्त पत्थर के ऊपर घिसकर निशान बना देती है तो यदि हम क्या अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का घिसने का प्रयास करेंगे तो ये सेंसेस क्या हमारे कंट्रोल में नहीं आ जाएगा बिल्कुल आएगा बस हमें क्या करना है प्रयास करना होगा हमें अपने लाइफ स्टाइल को सुधारना पड़ेगा रेगुलेट करना पड़ेगा यदि आप जानना चाहते हैं कि जीवन को रेगुलेट कैसे करेंसेस को कंट्रोल करना है, तो प्रारंभ से ही करना होगा कुछ नॉन सेंस लोग कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि पहले जो चीज इच्छा करे आपके सेंस को करने का उसे करने दो फिर जब वो उब जाएगा तब उसे शांत करो नहीं रखिए में घी डालिएगा तो औरो भबकेगा बंद नहीं होगा ठीक है घटती तो नहीं है वैसे ही, हम इस इंद्रिय जो हमें मांग रहा है हम उसे और देंगे तो उसे और चाहिए रहेगा लेकिन जैसे आग में घी डालने से भबकता है वैसे ही और भबकेगा लेकिन जब आग लगी जब इसकी शुरुआत हुई उसी समय हम इस आग में घी ना डालकर पानी डाल दे तो ये आग शांत हो जाएगी तो शुरुआत से ही हमें अपने इंद्रियों को क्या करना पड़ेगा कंट्रोल करना पड़ेगा अरे कृष्णा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल दैट्स एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक रूपानुगर डॉट अरे कृष्णा थैंक यू सो मच